बस बस बस बस। है। उसके बाद ये। यू एस पी केवल ये यू केबल का पॉइंट हो गया यू पॉइंट और ये इसका टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट हो गया ठीक है केबल ये सेफ है क्योंकि मेरे पास में दूसरी एक और के डाटा केबल है और इसका चार्जर है तो इसलिए मैंने सोचा कि आ, दोनों डाटा केबल को ख़राब करने का क्या फ़ायदा तो मेरी दूसरी डाटा केवल है वो थोड़ी सी उसमें कट वग़ैरह लगा हुआ है वो चार्जिंग अच्छी करती है तो मैंने इसलिए उसको तो केवल चार्जिंग के लिए रख लिया और इसको इस तरीके से सेफ़ बना दिया डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करना है तो आ, ये पोर्ट अपना लैपटॉप के अंदर लगा दो और इस पोर्ट को मोबाइल में कनेक्ट कर दो और अपना जो डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करना है वो ईज़ीली कर लो और थोड़ा सेफ़ का सेफ़ जैसे ही आपका काम हो जाता है इसको थोड़ा ऐसे कर को करो और ये अंदर रख दो इसको भी इस तरीके से करो और ये ये अंदर चला जाएगा इतना सफिशेंट है कहीं पर भी आराम से करी करने तो की जरूरत नहीं इसको आराम से रख दो कहीं पे भी इसको सेफली रखा जा सकता है इससे बार बार बार बार ये इसको मोड़ने की और रखने की हमें इसकी सेफ्टी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि जब ये डाटा केबल को बार बार ऐसे करके राउंड एंड राउंड में जब हम इसको मोड़ते हैं तो वहाँ से इनकी जो वायर है उन पर स्ट्रेच आ वो उनकी जो लेमिनीस है इंसुलेशन है वो ख़त्म हो जाती है तो अभी मैंने इसको जो बनाया है ये इसके मोबाइल के बॉक्स के अंदर रख के उसमें ये बेनिफिट होगा कि बार बार निका वो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमम एक एक मीटर की लेंथ तो इसकी होती है तो वन मीटर की लेंथ को बार बार निकालना फिर फोल्ड करना उससे ये आ, जो डाटा केबल है वो ख़राब नहीं होगी अभी देखिए ये अभी जितना ज़रूरत है उतना आप निकाल लो बाकी इसके अंदर है इतना सफिशियंट है इधर ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा इधर ये आपका मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा ईजीली डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद में डाटा ट्रांसफर होने के बाद में दोनों पोर्ट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसका दो और ये बस अब ये सेफ हो गया ऐसे ही इस वाले को लो इसको थोड़ा अंदर की तरफ धकेल दो ये सेफ हो गया ये पुषोगे दोनों तो तो तो अब आराम से इसको इजीली उठा के कहीं पर भी रख सकते हो थैंक यू थैंक यू ऑल एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मेरा इंटरेस्ट जागृत हो और आप आपके पास में जल्दी से जल्दी भेजें